नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको कोरोना से बचने और इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने के बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे और उपाय बताने वाली हूं। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि मार्केट से सब्जी लाएं तो उसे किस तरीके से डिस करें मैं इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ मैं इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियो लाती रहती हूँ तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए देर किस बात की जल्दी शुरू करते हैं मार्केट से सब्जी लाने के बाद आप जिन सब्जियों को धो सकते हैं उनको धोने के लिए पाँच लीटर गुनगुने पानी में बड़े चम्मच नमक या बड़े चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर उन्हें लगभग 10 मिनट तक सब्जी को इस घोल में रहने दें उसके बाद इस सब्जी को पानी से निकालकर कर रनिंग वॉटर या साफ पानी ऐसी धो ले अगर आपकी सब्जियाँ कम या ज्यादा है तो जिस रेशियो में मैंने बताया है उसी रेशियो में आप घोल को कम या ज्यादा बनाएं और वैसी सब्जियां जिन्हें धुल नहीं सकती जैसे आलू प्याज उन्हें लाकर कर दो दिन तक के लिए पड़े रहने दें फिर उसके बाद ही यूज करें सब्जियों को डिटर्जेंट पाउडर और केमिकल में धोने से अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया है वो अच्छा है इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं है और यह बिल्कुल सेफ तरीका है गले का इन्फेक्शन हो या सब्जी को डिस करना हो गर्म पानी और नमक का घोल कोरोना वायरस को नष्ट कर देता है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है विटामिन सी विटामिन डी और जिंक इनके प्राकृतिक उपाय हैं विटामिन डी के लिए रोज 10 मिनट धूप में जरूर रहें और दूध का सेवन करें विटामिन सी के लिए खट्टे फल जैसे मौसम्बी ऑरेंज नींबू आंवले का यूज करें और इनका अचार खाएं जिंक के लिए कच्चे केला कद्दू के बीज सूखे अंजीर किवी अनार पपीता डार्क चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स किशमिश खजूर खरबूजा सूखे बेर इसमें से आपको जो भी आसानी से अवेलेबल हो उन चीज़ों का यूज़ करें वैसे तो मैंने उन्ही चीज़ों के नाम लिए हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं बार बार हाथ को धोएं और कम से कम 20 सेकंड तक साबुन को हाथ में रब करते रहें ध्यान रखें दो साल तक के बच्चों को मास्क बिल्कुल भी ना पहनाएं बार बार हैंड सैनिटाइजर लगाते रहें गले में थोड़ी भी खराश हो तो गरम नमक पानी का गरारा करें रात में और सुबह गरम पानी पिए रात में तेज फैन कूलर और ठंडे पानी को अवॉइड करें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें ओके फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर